फिर बुलाने पे लौटा हाँ है सफर में तेरा मैं साऊँगा कही तो है याद मेरी ये पल खुश जुल्फ हटा लेना साफ देखो मैं तुमको को वही जो ना देखो तो बता देना कभी मुझे दे जो वक्त को थोड़ा बचा लेना फिर से मिलूंगा मैं तुमको गान जो ना मिलो तो सजा से बात समझ जाना फिर से मिलू मैं तुमको वही राह से मेरी गुजर जाना हुँ, हुँ, हुँ,